शरीरी बा के बिहारी से हमारी लड़ गईया शरीर बा री बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया बजाई गई अखिया सकी बाई अखिया न जाने क्या किया जादू ये तकती रह चरकती रह चमकती हाँ चमकती चमकती हाय बरक्ष चमकती हाय बरक्ष कलेज गढ़ गई गड़गनी अख्या सखी बिहारी बारी से हमारी लड़ गई अखिया चाहो कैसे कहा जाऊ कहो कैसे कहाँ जनाऊ ये पीछे पड़ गयी अखिया कैसे कहाँ जनाऊ ये पीछे पड़ गई अखियाँ सखीरी बाट दीवार गईया बजाई बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेगोरी लड़ गई अखया सखेरी बिहारी से हमारी हम लड़ गई अखिया भले तन से निकले प्राण मगर ये छवि त छवि लड़क ले हा भोले तन बा मगर ये छवि लड़ंगी अंधेरे मन के मंदिर में अंधेरे मन के मंदिर में मणि मणीषी गढ़ गई लड़ गई अतिया सखीरी हाँ सखीरी सखीरी बाबा के से हमारी लड़ गई अत्या बचा लड़ गई अखिया बचाई थी बहुत तो लेकिन निगोई लड़ गई अखिया सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ राधे राधे गोविंद गो गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गो गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सकी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया बचाई थी बहुत लेकिन गोरी लड़ गई अंगी बात बिखारी हमारी लड़ गई